बादल की चादर चादर बादल ये दारू फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल फलक तक चल तक चल जल, जल। ये बादल की जान तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल चल चल फलक फलक तक तक मेरे वो चौबारे ढूँढे जिनमें चाहत की ढूँढे सच कर दे सपनों को सभी bah uh -huh.